today we are going to discuss about ecosystem services basically we have discussed some of these services yesterday like atmospheric and climate regulation erosion control water shed protection to so in isme humne ecosystem services jaise like for example erosion control kaise karta hai forest basically jo forest roots hote are act as a sponge जो है पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो पानी बहता नहीं है एंड देन एज ए रिजल्ट जो है वो पानी ठहरता है सॉइल में एंड देन सॉइल इरोजन की जो प्रॉब्लम है डिक्रीज होती है फ्लड्स की प्रॉब्लम है वो डिक्रीज़ होती है एंड देन ड्रॉट्स जो होते हैं लेन सीजन जो होते हैं जैसे समर सीज़न आने वाला है जिसमें रेनफॉल यूजली कम होती है तो उसमें उस ड्रॉट्स सीजन में अवेलेबल uh, रहता है वाटर इन ग्राउंड वाटर और इन सॉ तो ये भी हमने कल डिस्कस किया था एंड एटमोसफेरिक्रेशन uh, को कैसे रेगुलेट करता है फॉरेस्ट तो बेसिकली इसमें हमने एक एग्जाम्पल uh, दी थी एमेजोन रेन फॉरेस्ट जिसको लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है तो वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है टू द ऑक्सीजन साइकिल और एटमॉस्फेयर uh, से जो ऑक्सीजन हम uh, जो है इनहेल करते हैं एनिमल्स या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द एंड एंडम्पोजिशन तो तो पूरा बैलेंस बना के रखता है फॉरेस्ट चाहे वो एक्वाटिक हो या टेरिस्ट्रियल फॉरेस्टस हो एंड वी है डिसकसड अबाउट द कार्बन साइकिल कैसे uh, Forests act as a फॉरस्ट एक्ट एज कार्बन सिंक्स दार्बन डाईआक्साइड इन द फॉर्म ऑफ द बायोमास जो उनका वुड होता है वुड कंपोनेंट उसमें वो स्टोर करते हैं फॉर हंड्रफ ईयर्स अगर हम डिफॉरेस्ट्रेशन नहीं करते हैं trees they absorb the carbon dioxide in the form of biomass. तो वो जो है carbon dioxide जो हम हवा में छोड़ते हैं because of uh, the इंडस्ट्राइजेशन जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स है इंडस्ट्रीज है अदर जो कन्वेंशनल एनर्जी है फ्यूल्स है पेट्रोलियम वगैरह है वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो हम जितने फॉरेस्ट ज़्यादा लगाएंगे उतना वो एबजॉर्ब ज़्यादा होगा जितना हम डिफॉरेस्टेशन कम करेंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी एटमोस्फेयर में एंड दैट विल रिजल्ट इनटू द ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग का जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है दैट विल बी द क्लाइमेट चेंज द इराटिक एंड रेगुलर वैदर कंडीशन वैदर फिनमें जैसे अभी बारिश होगी तो फिर धूप आ जाएगी तो फिर हेल स्टार्म होगी एट द सेम इन द सेम डे उसमें uh, जो है डिफरेंट काइंड ऑफ वैदर अनोमलीस होती है and then uh, we had discussed about the global warming यही जैसे ये related है हर कोई चीज़ चाहे वो uh, soil erosion है फ्लड्स है drought है uh, चाहे वो carbon dioxide concentration है तो ये सारी चीज़ें related है आपस में uh, टॉल ओके तो मैं कह रहा था जैसे कार्बन साइकिल जो है दैट इज़ रिलेटेड टू द ग्लोबल वार्मिंग कैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेन अगर इंक्रीज हो गई इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ सर्टन कंडीशंस या बिकॉज ऑफ द सर्टेन एक्टिविटीज़ लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन हम कोल वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं फॉसल फ्यूल्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं डिफॉरस्ट्रेशन ज़्यादा कर रहे हैं दैन जो है ग्लोबल वार्मिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी टेंपरेचर इंक्रीज़ हो गया एटमॉस्फेरिक टेंपरेचर तो ये जो फॉरेस्ट्स है ये इस टेंपरेचर को रेगुलेट करते हैं तो आ, मैंने पर्सनली भी विटनेस किया है एक शार्प ट्रांजिशन था जब मैं दिल्ली में रहता था तो समर्स में पर्टिकुलरली वहाँ पे कैंपस uh, जो था यूनिवर्सिटी का बहुत ही ग्रीन कैंपस था दैट वाज कवर्ड विद अ वेरी टॉल ट्रीज तो आउटसाइड जो दिल्ली उसमें फॉरेस्ट कवर बहुत कम है तो आउटसाइड यूजुअली टेंपरेचर 46 47 इवन 49 तक जाता था जो जून मई जून के महीने में देन वी दैन दैट इज़ अ शार्प डिप इन टम्परेचर जब हम कैम्पस में जाते थे तो वहाँ पर पाँच डिग्री टेम्परेचर कम रहता था तो ये तो एक लोकल इम्पैक्ट है फॉरेस्टर्स का कि वो टेम्परेचर को कैसे मॉडलेट करते बिकॉज जो उसमें ट्रांसपरेशन होती है कूलिंग इफेक्ट ये तो अपने बचपन में पढ़ा होगा वैसे ट्रांसपरेशन भी कोलिंग इफेक्ट जो है डेवलप करता है <coughs> तो आ, मैं इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल बताता हूँ कि वहाँ पर हम जब रहते थे रूम में तो वहाँ पर गर्मी होस्टल के रूम बहुत छोटे होते हैं तो अब जो है वहाँ पे फैन हुआ करता था एक तो एसी वगैरह तो नहीं है तो उसमें क्या करते थे हम एक बड़े बर्तन में या एक बड़े टप में उसमें पानी रखते थे या जो कोई कपड़ा भिगो के रखते थे तो उससे जो फैन की हवा से वो वोटरेट होता तो वो पूरा जो है रूम कूल हो जाता था वैसे ही इम्पैक्ट देते हैं फॉरेस्ट भी जिससे ग्लोबल टेम्परेचर डिक्रीज होता है जितने हम फॉरेस्ट ज़्यादा लगाएंगे इतना वो आपको ट्रांसप्रेशन ज़्यादा होगा एंड देन इट विल काज द कोलिंग इफेक्ट उतना भी नहीं होता है बट थोड़ा सा मॉडलेट करता है एंड देन देर विल भी मोर रेन्स तो वो जो है हमारा हाइड्रोलिकल साइकिल है उसको एनहेंस करता है उसको पूरा रेगुलेट करता है फॉरेस्ट एंड देन इज सॉइल कंजर्वेशन सॉइल कंजर्जेशन में क्या होता है बेसिकली सॉइल इरोजन के साथ रिलेटेड है एक जो टॉप सॉइल जो होती है टॉप लेर ऑफ द लिथॉस्फेयर उसको हम सॉइल बोलते हैं तो लैंड एंड सॉइल में क्या फ़र्क है कि सॉइल एक लिविंग एंटिटी होती है, इसमें है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है उसमें ऑर्गेनिक मेटर होता है एंड जैसे सॉइल में जो कम्पोशन होता है बेसिकली उसमें इनऑर्गेनिक कम्पोनेंट्स तकरीबन फोर्टी फाइव एंड दैन 5 परसेंट के आसपास उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है एंड देन 40 परसेंट के आसपास उसमें ईयर होता है तो डिपेंड करता है किस टाइप की सॉइल तो ये जो है रेंज वेरी कर सकती है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी वो जो ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं तो ये एक लिविंग एंटिटी है सॉइल को हम इसमें हम देखते हैं उसमें न्यूट्रेंट्स भी होंगे उसमें फर्टिलिटी लेवल भी होगी तो लैंड एक जनरल टर्म है जैसे प्लांट्स एक जनरल टर्म है फिर ट्रीज अलग आते हैं श्रब्स सा लगाते हैं तो वैसे ही इसमें भी सॉइल एक लिविंग एंटिटी है तो सॉइल को प्रिजर्व करना क्यों इम्पोर्टेंट है बिकॉज फाइव या वन इंच ऑफ द सॉयल टॉप सॉयल उसको बनने में हजारों साल लगते हैं बिकॉज ऑफ द वेदरिंग प्रोसेस केमिकल वैदरिंग बायलॉजिकल वैदरिंग फिजिकल वैदरिंग वैदरिंग मीन्स वो जो कटाव होता है किस चीज़ का कटाव होगा फॉर एग्जाम्पल पत्थर पर कटाव हो हो उसको पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब उसको तोड़ देता है तो बायोलॉजिकल फोज अगर होंगे जैसे माइक्रो ऑर्गनिजम्स जो अपनी एनजाम वगैरह छोड़ते हैं उससे वो ब्रेक डाउन होता है बिकॉज ऑफ दमेटिक एक्टिविटी उसके बाद फिजिकल वैदरिंग जैसे हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर फ्रीजिंग वगैरह होती है इसकी वजह से भी होता है या वो जो है ऊपर से नीचे आ जाता है पहाड़ की जो चोटी से नीचे आ जाता है बिकॉज ऑफ द वाटर तो हम जो पत्थर वगैरह देखते हैं गोल पत्थर अपने जो स्ट्रीम्स वगैरह में हम जब एक्सकर्शन के लिए जाते हैं वो एक स्टेज है सॉइल फॉर्मेशन का तो फिर नीचे आता है दरिया में वो रेत बन के आता है तो उसके बाद भी उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते, है। होते, है, होते हैं वैसे केमिकल प्रोसेसेस भी होती है डिफरेंट काइंड ऑफ जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं विद इन दॉयल ऑन दैंड तो उसकी वजह से भी सॉइल फॉर्मेशन होती है तो एक सॉइल एक बहुत ही कीमती चीज़ है इसको प्रज़र्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो फॉरेस्ट जो है इसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है फॉरेस्ट का इस क्लिन रूट्स वगैरह इसको बाइंड करते हैं ताकि ये पानी के साथ ना बहे तो इसमें इसके अलावा जो फॉरेस्ट्स में जो लीव्स वगैरह जो ऊपर से गिरते हैं उसमें वो ह्यूमस जब डेवलप होता है वो भी एबज़ॉर्ब करता है वाटर दे एक्ट एज ए स्पॉन्ज जो हम घर में स्पॉन्ज यूज़ करते हैं ना उसमें पानी कैसे वो एबज़ॉर्ब होता है तो वैसे ही तो जो फॉरेस्ट फ्लोर होता है जिसमें रूट्स uh, होते हैं या अदर काइंडस ऑफ माइक्रो जैसे फंजे होता है जिसको हम वेजिकुलर और वेस्कुलर माइक्रोराइजी भी बोलते हैं जिसमें बेसिकली प्लांट्स रूट्स के साथ फंजे जो होता है इन सिम्बाटिक एसोसिएशन uh, होते हैं <coughs> उसमें भी जो है सॉइल वग़ैरह न्यूट्र वग़ैरह जो है प्रिजर्व होते हैं सॉइल में तो प्लांट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है एक प्लांट के साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज एसोसीटेड होते हैं जैसे मैंने अभी कहा कि फंजे प्लांट्स uh, की रूट्स के साथ एसोसिएटेड uh, होते हैं जिसको हम वैम बोलते हैं वी ई एम वैम तो आप सर्च कीजिए नेट पर तो आपको मिल जाएगा पूरा इंफॉर्मेशन कैसे वो रूट्स जो है प्लाट्स के रूट्स पर जो है फंजे उस पर उसपे ऐसा होस्ट रहता है जैसे राइजोबियम जो ऐसे लिग्यूम्स होते हैं ना पल्स वगैरह उसके रूट्स पे राइजोबियम होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वैसे ही फंजे भी होता है तो एक पूरा नेटवर्क होता है अंडरग्राउंड जिससे सॉइल प्रिजर्व होती है एंड देन uh, ये इम्प्रूव करता है सॉइल फर्टिलिटी को Uh, जितना भी हम हमारा जो रूट से ऊपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह जाते हैं बाय द एबजॉर्बशन प्रोसेस बाई जो वाटर एबजॉर्ब होता है बाय द ट्रांसप्रेशन तो न्यूट्रिएंट्स भी जाते हैं तो लीव्स वगैरह में जो है uh, न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। फिर वो नीचे जब गिरते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो एक साइकिल जो है साइकिल को इनहेंस करता है रूट से जो डीपर लेवल्स uh, में होते हैं न्यूट्रेंट्स तकरीबन एक मीटर या डेढ़ मीटर जहाँ तक रूट्स जा सकते हैं प्लांट्स ट्रीज के प्लांट्स के रूट्स उतने दीर नहीं जाते बट ट्रीज के जो रूट्स है बहुत ही डीपर लेवल तक जा सकते हैं वहाँ से जो न्यूट्रेंट्स है वहाँ से एबजॉर्ब करके फिर अपने बायोमास में लाते हैं दैन डेट बायोमास गेट इस डिकम्पोज जो डिकम्पोजन के बाद सॉइल में वो सब न्यूट्रेंट्स फिर से आते हैं एंड दैन सॉइल की फ़र्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है तो ह्यूमस लेवल जो है सॉइल का इंक्रीज हो जाता है ह्यूमस में बहुत सारे जो डिग्रेड जब होता है डेरे डेरे डिकम्पोज होता है जिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं चाहे अर्थवर्म्स हो बैक्टीरिया हो फंजे हो एक्टिनोमाइसिटिस हो या कोई भी हरी हो तो वो अपना जो है अपना डाइजेशन के बाद जिनका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो डैंक वगैरह निकलता है उसमें भी न्यूट्रेंट्स होता है वो फैलता है पूरे फॉरेस्ट फ्लोर पर तो फॉरेस्ट फ्लोर बहुत ही जो है ज़रखेज़ होती है उसकी फर्टिलिटी लेवल बहुत ही अच्छी होती है बिकॉज जो फॉरेस्ट के रूट्स है डीपर लेवल से जो न्यूट्रेंट्स लाते हैं ऊपर की जो बायोमास में तो उसके अलावा वाटर फ्लो कंट्रोल अगर आप देखोगे कि, किसी भी ट्री पे जो बड़ा ट्री है तो अक्सर रेनी सीज़न में उसमें पानी नीचे नीचे आ जाता है धीरे धीरे नीचे आता है धीरे धीरे एक जैसे रेनफॉल नीचे आती है तो एक दम से तो जब वो ज़मीन पे गिरती है तो एक दम से वो बहने लगती है तो क्या करता है ट्रीज से जो है वाटर फ्लो रेनफॉल का फ्लो जो है उसको डिक्रीज़ करता है तो उससे क्या होता है सॉइल Uh, पानी को ज़्यादा टाइम मिलता है पानी uh, सॉइल uh, पानी को uh, सॉइल को ज्यादा टाइम मिलता है पानी को एब्जॉर्ब करने की क्योंकि स्पीड जब कम हो जाएगी वाटर की तो धीरे धीरे जब चलेगा देन इट हैव मोर टाइम टू गेट एब्जॉर्ब इनटू द दॉयल तो फिर uh, जो हमारे वाटर uh, रिसोर्स है जैसे ग्राउंड वाटर है स्ट्रीम्स है तो इसमें जो है एकदम से पानी नहीं आ जाता जैसे स्ट्रीम्स वगैरह में बट दैट कैट्स एबजॉर्ब टू द ग्राउंड वाटर तो ग्राउंड वाटर में जब वो पानी चला जाता है तो वो किसी भी स्प्रिंग जैसे एकविफर होता है स्प्रिंग कहीं दूर जो वहाँ पे एक अंडरग्राउंड डिफॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से स्प्रिंग जो अंडर का पानी बाहर आता है जिसको हम स्प्रिंग कहते हैं चश्मा कहता है तो उसकी सूरत में वो पानी बाहर आता है या हम तब तक उसको एज अःपन डग वेल जो होता है बोरवेल well होता है उसकी सूरत में उसको बाहर ना लाए तब तक वो जमीन के अंदर ही रहता है तो उसके अलावा हैबिटेट जो फॉरेस्टस इट प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर ऑल वाइल्ड एनिमल्स चाहे वो uh, ये डिपेंड करता है किस टाइप का जो फॉरेस्ट है उस टाइप में किस किस टाइप के एनिमल रह सकते हैं जैसे यहाँ के जो फॉरेस्ट है इसमें टॉप कॉर्न जो से यूजुअली लेपॉड्स होते हैं टाइगर एंड लाइन नहीं होते बिकॉज ये उनके लिए कंजीनियल एटमॉस्फेयर नहीं है कंजीनियल क्लाइमेट नहीं है तो अक्सर यहाँ पर लेपॉड्स पाए जाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा रिसेंटली एक बच्ची को अटैक किया है लेपॉड ने उसको मतलब उसने शिका उसको उठा के जंगल में ले गया जय शिकार जैसे उसको तो वो क्या हम धीरे धीरे ह्यूमंस ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो वाइल्ड लाइफ जो है उनके हैबिटेट में हम घुसे जानवर हमारे हैबिटेट में नहीं घुसे बट हम उनके हैबिटेट में घुसे हमको ये पता नहीं चला कि हमने फॉरेस्ट्स को कितना इनक्रोच किया है एंड दैन वी हैव कन्वर्टेड दैम इन टू होम्स तो वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो होता है उनके पास तो इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो वो जब निकलते हैं जो उनके सामने आता है तो अक्सर आजकल पांपोर में भी जो है रिसेंटली वहाँ पे एक लेपोर्ड को पकड़ा गया एंड यहाँ पे भी पटन के एरिया में भी पकड़ा गया एक लेपोड क्योंकि वो जो है नीचे आ जाते ऊपर क्योंकि ह्यूम्स ने उनके हैबिटेट को इनक्रोज किया तो फॉरेस्ट दे एक्ट एज एन जो फॉरेस्ट में है मोस्टली वाइल्ड एनिमल्स ज़्यादा रहते हैं ना कि जो है जैसे जूज वगैरह में हम इन ह्यूमन कैपिटेशन जो हम रखते हैं बट मोस्टली जो है जैसे हांगुल है ताशीगाम नेशनल पार्क में है गिर फॉरेस्ट में लाइन है तो डिफरेंट काइंडट्स फॉर डिफरेंट एनिमल्स तो इसमें एक कंजर्वेशन का पॉइंट भी आता है कि हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्टेड फॉरेस्ट एरिया कितना रखेंगे दैन नैशनल पार्कस कितने हैं तो आपके लिए आप एक uh, के लिए एक असाइनमेंट है आप जाके देख लीजिए वट इज़ द नंबर ऑफ टोटल नैशनल पार्कस एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज and protected areas in india correctly because wo time wo jo uh, uska just statistics hai har saal ya har mahine change hota rehta hai so uh, right now there are 566 national parks and around uh, 102 or something uh, wildlife sanctuaries aur uh, kuch takriban uh, aise hi uh, 50 60 ke aas pass protected areas honge mujhe main pura sure nahi hu but uh, jo hai basically human uh, humans इन चीजों को क्यों प्रोटेक्ट करता है फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ तो ये थे कि क्या आ, हमारे पास आ, इसके अलावा जो पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करना जैसे मैंने कल सोशल फॉरेस्ट की एक एग्जाम्पल दी थी कि कैसे आ, ट्रीज अलोंग द रोड्स जो पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं जैसे वहीकल से धुआं वगैरह निकलता है पार्कुलेट मेटर निकलता है हीट निकलती है उसको कैसे वो मॉडलेट करते हैं एबजॉर्ब करते हैं वो तो ये भी एक इकोसिस्टम एक सर्विस है फॉरेस्ट की उसके अलावा बहुत सारी फंक्शंस जैसे इकोसिस्टम्स में हम रिएक्ट एज एन एजुकेशन जैसे आप एजुकेशन uh, रिक्रिएशनल के लिए जाते हैं बॉटनिकल टूर पे जाते हैं जोलॉजिकल टूर्स पे जाते हैं जोग्राफिकल टूरस पे जाते हैं दैन डेट इज़ वन ऑफ द सर्विस ऑफ एकोसस्टम आप वहाँ पर जाके सीखते हैं नेचर को कैसे अल्लाह तला ने या माटी ने दुनिया को बनाया है ये कैसे काम करता है विदाउट द इंटरफरेंस ऑफ ह्यूमस उसके बाद रिसर्च रिसर्च में जैसे डिफरेंट मेडिसिन प्लांट्स वगैरह या वल्ड uh, लाइफ पे रिसर्च करनी हो तो वो भी आता है इसमें एस्थेटिक्स स्पिरिचुअल uh, ये सब जो है uh, एक कल्चरल सर्विसेज आती है ऑफ इकोसिस्टम ये कल्चरल सर्विस आती है फॉरेस्टर्स की अंडर इकोसिस्टम सर्विसेज अब फॉरेस्टर्स में मेन प्रॉब्लम जो है दैट इज डिफॉरेस्ट्रेशन तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो पॉपुलेशन बड़ी है तो लोगों ने जंगल काटना शुरू कर दिया फ़ॉर डेवलपिंग देयर सिविलाइजेशंस फ़ॉर डेवलपिंग द दटीज़ एंड टाउन्स तो उन्होंने जब हम कल बता रहे थे फोटी बिलियन हैक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट इज़ अवेलेबल ऑन तो ये ये जो लैंड है ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है एवरी सेकेंड एक फ़ुटबॉल जो ग्राउंड होता है उसकी साइज़ का जो फॉरेस्ट एवरी सेकेंड ख़त्म हो रहा है because of the deforestation either for going for the urbanization or uh, for going uh, to the intensive kind of agriculture activities to so, ab isme uh, kya kya causes hai jise maine bhi kaha population explosion hai to usme hame aur bhi land chahiye for uh, settling the colonies wagera jo human colonies hai to unke liye jo ghar wagera banane hain then shifting cultivation shifting cultivation is basically uh, एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नहीं है बट इट वाज इट इज अ वे ऑफ कल्टिवेशन इन नॉर्थ ईस्ट बर्मा जो है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया है उसमें क्या करते हैं एक पैच ऑफ लैंड जो है ये उसमें जो ट्रीज होते हैं उन ट्रीज को बर्न करते हैं ये जैसे यहाँ पे दिखाया एक पैच है इसको बर्न करते हैं और उसमें फिर जो है एग्रीकल्चर करते हैं फॉर थ्री फोर इयर्स जब तक ना इसकी सॉयल की जो फर्टिलिटी है डिक्रीज हो जाएगी तो फिर ये पैच को ऐसे ही छोड़ के नया पैच ले लेते हैं उसको फिर ऐसे ही जलाते हैं इसको शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी बोलते हैं स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं इसको तुंगिया सिस्टम भी बोलते हैं इसको ये बेसिकली बर्मा से आया है कल्टीवेशन, बट ये भी एक रीज़न है जिससे जो है फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट की डिफॉरेस्टेशन जो है इंक्रीज हुई है तो उसके अलावा ग्रोइंग फूड डिमांड तो इसमें हम बेसिकली मोर फॉरेस्ट्स को हम लाते हैं इन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एरिया में लाते हैं तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो उनको फीड करने के लिए जो ह्यूमन मोनिस्टर्स होते हैं मोनिस्टर बेसिकली एक ह्यूमन को फीड करने के लिए हमें और एग्रीकल्चर लैंड की ज़रूरत है इधर वही इंक्रीज द प्रोडक्शन बाई इंक्रीजिंग द एरिया और वही इंक्रीज प्रोडक्शन बाई इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी होती है एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा Uh, जो है उसमें प्रोडक्शन uh, हम इंक्रीज करें पर यूनिट एरिया बट प्रोडक्शन होता है ओवरऑल उसमें हम एरिया भी इंक्रीज कर सकते हैं मोर अमाउंट ऑफ एरिया उसमें हम लाएँगे अंडर कल्टीवेशन उसके अलावा फायरवुड के लिए Uh, ये भी एक रीज़न है फॉर डिफॉरेस्ट्रेशन एंड रॉ मटीरियल फॉर वुड बेसड इंडस्ट्री जैसे फर्नीचर प्लाई मैच बॉक्स इंडस्ट्रीज है इनके लिए भी जो रॉ मटीरियल आता है दैट कम्स फ्राम द फॉरेस्ट जैसे पेपर है पल्प इंडस्ट्रीज़ है तो फॉरेस्ट जैसे हम यूजली मोस्ट ऑफ द एन जी ओज और कंपनी जो एनवायरमेंट के रिलेटेड काम करते हैं दे बेसिकली गो ई ऑफिस काइंड ऑफ सिस्टम जिसमें मैं भी uh, एक ऐसी टाइप ऑफ कंपनी में काम किया हूँ वहाँ पे पूरा जो पेपर पे कुछ काम नहीं होता था एवरी कम्युनिकेशन वॉज सेंड थ्रू द मेल एक उनका इंटरनल मेल सिस्टम था तो किसी को भी जैसे छोटी सी छोटी चीज़ पूछनी हो तो वो मेल का इस्तेमाल करते थे पेपर का बहुत ही बहुत कम यूज़ करते थे तो uh, एक इनिशेटिव था कि कैसे हम पेपर को जो है कम यूज़ करेंगे एंड दैन दैन कैन लीड रिडक्शन इन द डिफॉरस्ट्रेशन तो पेपर की डिमांड कम हो सकती है बट इसको हम फिर uh, अगर हम लार्ज लेवल पे करेंगे तभी जाके इसका अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है एंड देन इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़े बड़े डैम्स वगैरह हम बनाते हैं हाईवेज़ बनाते छोटा छोटा सा भी हमें कोई पुल वगैरह बनाने होते उसके लिए भी हम पहले डिफॉरस्ट्रेशन करते हैं माइनिंग अगर हम करते हैं तो उसको भी वो पूरा एरिया पहले डिस्ट्रॉय करते हैं तो रिसेंटली आई गेस इन मुंबई उनको आ, रेल प्रोजेक्ट बनाना था मेट्रो रेल प्रोजेक्ट तो उन्होंने कि पाँच लाख के आसपास ट्रीज को काटा वहाँ पे एक एवेन्यू बनाने के लिए तो ये इससे आप पता लगा सकते हैं कि एक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज अगर एक सोची समझी जो है स्ट्रेटी के तहत नहीं बनाए गए दैन इट कैन लीड टू द डिफॉरस्ट्रेशन अगर हम डैम्स बनाते हैं डैम्स से भी जो पानी उसमें जमा होता है तो वह सबमर्ज हो जाता है फॉरेस्ट धीरे धीरे उसमें जो है एनोक्सिक कंडीशंस डेवलप होती है वो मर जाते हैं रोडस वगैरह जब हाँ बनाते हैं इसमें भी फॉरेस्टस के बीचों बीच अगर हम हाईवेज रोड्स बनाएंगे दैन डेट कैन लीड टू द डिफॉरस्ट्रेशन बिकॉज वो एक्सेस देता है इन टू द डिफॉरस्ट और जो हैबिटेट है वो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो जाती है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाती है अब रिसेंटली बहुत सारी कंट्रीज़ ने उनने एक इकोलॉजिकल कॉरीडोर्स बनाए इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स क्या होते हैं जब हाई जो, highway, जो किसी भी फॉरेस्ट के बीच में चल रहा है तो एनिमल्स को जो है अपने हैबिटेट में घूमने फिरने के लिए जो है रोड्स को क्रॉस करना पड़ता है तो उसकी वजह से है बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं तो उन्होंने एक जो है फ्लाईओवर जैसा बनाया जिसको एज शेप दिया है जैसे वो एक पार्ट है फॉरेस्ट का तो जो एनिमल्स है वहाँ से क्रॉस होता है फ्राम अगर उनको रोड्स वगैरह क्रॉस करनी हो तो वहीं से वो क्रॉस करते तो इस type की जो अगर आप development करते हैं then you have to think how to mitigate the impact of such डेवलपमेंटल activities on ecosystem, on forests उसके अलावा forest fire forest fire it is also important forest fire जो uh, है पिछले साल ही की बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे जो है फॉरेस्ट फायर की इंसिडेंट हुए ग्रीक में हुए एंड कैलिफोर्निया में हुए बिकॉज इसके बहुत सारे जो है रीजंस हो सकते हैं एक तो ह्यूमन इंड्यूस्ड फायर जैसे ह्यूमन्स जाते हैं रिक्रीशनल पर्पस के लिए इन द फॉरेस्ट तो वहाँ पर वो चाहे वो स्क्रेट्स वगैरह मैच बॉक्स यूज़ करते हैं तो उससे भी आग लगती है लाइटिनंग की वजह से भी आग लगती है जैसे लाइटिनंग होती है इन, बिफोर द रेन्स, उसकी वजह से भी आग लगती है और विंडस से भी आग लगती है बिकॉज जब विंड्स होती है तो ट्रीज़ के ट्रंक्स आपस में वो रब हो जाते हैं तो वहाँ से एनर्जी डेवलप होती है तो उससे भी आग लगती है तो ये सब रीज़न्स है तो रीसेंटली जो फॉरेस्ट फायर की इंसिडेंट्स इंक्रीज़ क्यों है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सडन इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है तकरीबन तकरीबन ऑन एन एवरेज टू डिग्री सेल्सियस फ्राम लास्ट आई थिंक टू थ्री डिगेट्स तो उससे क्या होता है कुछ क्रिटिकल एरियाज होते हैं अगर वहाँ पे कैलिफोर्निया जो यू के है uh, एक स्टेट है तो वहाँ पे यूजली टेम्परेचर्स बहुत हाई होते हैं तो वहाँ पे इंसिडेंट्स ऑफ फायर जो वाइल्ड फायर है ज़्यादा हो गए तो वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स जो है पर्टिकुलरली इन ऑस्ट्रेलिया उन पर बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ा तो फॉरेस्ट फायर जो है ये भी बहुत बड़ा रीज़न है डिफॉरेस्टेशन का बट अगर हम इसको एक पॉजिटिव वे में ले लेंगे तो फॉरेस्ट फायर जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सक्सेशन सक्सेशन होता है कि कैसे एक सीरीज ऑफ़ एक जगह पे एक कम्युनिटी जो है उसको एक्सचेंज या उसको रिप्लेस करती बाय अदर कम्युनिटी इसको सेकेंडरी सेक्सेशन का एक प्रिकर्सर हम बता सकते हैं जैसे कोई भी इकोसिस्टम है पूरे जो है ट्रीज वगैरह पूरे ख़त्म हो गए बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट तो उसमें नए ट्रीज़ आ जाते हैं फिर कुदरती वो डेवलप हो जाते हैं तो ये एक पार्ट ऑफ सक्सेशन है बट अगर ह्यूमन इंड्यूस्ड हो रहा है दैन देर इज रेली अ प्रॉब्लम तो फिर ओवरग्रेजिंग से भी प्रॉब्लम जैसे मैंने आप पिछली बार भी आपको बताया था कि कैसे ओवरग्रेजिंग से एक फ़ॉरेस्ट पूरा डेजर्ट में कन्वर्ट हो सकता है तो राजस्थान थार डेज़र्ट एक जमाने में पूरा लश ग्रीन फॉरेस्ट था बिकॉज ऑफ़ द ओवरग्रीजिंग तो ओवरग्रीजिंग कैसे हुई तो हमने फूड चेन को डिस्टर्ब किया टॉप कॉर्नव जो थे उनको हंट किया तो उसकी वजह से वहाँ पर जो है डेजर्टिफिकेशन से होके फिर वहाँ ओवर ओवरग्रेजिंग हो गई एंड देन इट लीड्स ट्रेट डेजर्टिफिकेशन एंड डेवलपिंग द डेजर्ट्स दैन नैचुरल फोरस फ्लड्स स्टॉम्स हेवी भी जो है डिफॉरस्ट्रेशन होती है पेड़ वगैरह गिरते हैं स्नो से भी गिरते हैं लाइटिन से जलते हैं एंड दीज आर ऑल द इम्पैक्ट ऑफ दिस डिफॉरस्ट्रेशन कैसे कैसे डिफॉरस्ट्रेशन हो सकता है तो डिफॉरेस्ट्रेशन uh, से क्या होता है सॉइल इरोजन इंक्रीज होता है जो भी हमारे बेनिफिट्स जो हम फॉरेस्ट से लेते हैं जैसे सॉइल इरोजन तो वो अगर डिफॉरेस्ट्रेशन हो गई तो सॉइल इरोजन के इंसीडेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं तो जैसे डिफॉरेस्ट्रेशन है तो यहाँ पे कोई भी फॉरेस्ट ट्री नहीं है तो दैन देयर विल भी डेफिनेटली इंक्रीज इन दॉयल इरोजन इंसीडेंट्स दैन एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट्स तो धीरे धीरे जब फॉरेस्ट कवर डिक्रीज़ हो जाएगा दैन डेफिनेटली द डेजर्ट्स का जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा डिक्रीज इन द रनफॉलो ट्रांसप्रेशन जो है डिक्रीज हो जाती है एंड देन uh, जो है डेजर्ट्स um, डेजर्ट desert नहीं रेनफॉल का जो है फ्रीक्वेंसी uh, भी डिक्रीज हो जाएगी एंड उससे उसका ये बड़ा इम्पेक्ट है फॉरेस्ट लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी जो मैंने कहा एक पूरा बायोजियो कैमिकल साइकिल में एक पार्ट है ट्रीज़ का वो भी डिक्रीज़ हो जाता है इफ़ेक्ट ऑन क्लाइमेट जो क्लाइमेट रेगुलेशन का फॉरेस्ट का जिसमें पार्ट है दे एक्ट एज ए सिंक टू कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफियरक टम्परेचर को मॉडलेट करता है मॉडरेट करता है तो वो भी यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिफॉरस्ट्रेसन एंड दैन लोअरिंग द वाटर टेबल जितना ग्राउंड recharge रिचार्ज कम होगा बिकॉज जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉयल की डिक्रीज हो जाती है तो ग्राउंड recharge रिचार्ज कम होता है तो वाटर टेबल भी डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द विड्रावल रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं जब रेन्स कम होगी वाटर अवेलेबिलिटी कम होगी स्नोफॉल कम होगी तो definitely water availability in the streams, surface uh, water availability कम होगी तो we स्विश ओवर टू द ग्राउंड वाटर तो वॉटर टेबल का जो लेवल इंक्रीज तो ये ऑल दीज इफेक्ट कैन लीड टू द इकोमिक लॉसिस जो हमारा प्रोडक्शन है डिक्रीज़ हो जाएगा चाहे वो टिम्बर हो या अदर नॉन टिम्बर है या प्रोडक्टिव्यूज फॉरेस्ट के वो डिक्रीज हो जाते हैं एंड इट ओवरऑल लीड्स टू द ड्रीज इन दायोडावर्स फॉरेस्ट इकोसिस्टम जिसकी वजह से एक इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होता हो जाता है तो फिर इन्वायरमेंटल चेंज आ जाती है ग्रेजुअली जिसको हम क्लाइमेट चेंज की सूरत में आजकल देख रहे हैं कैसे हमने फॉरेस्ट को डिक्रीज किया एंड दैन ऑल दीज इम्पैक्ट स्लोली बहुत जगह वाटर लेवल भी कम है इकोनॉमिक लॉसेस भी हो गए दैन बायोडावर्सटी लॉस भी हो गया तो फिर ये ओवरऑल क्लाइमेट चेंज की तरह हमें ले जाता है जो रिवर्स करना बहुत ही बहुत ही मुश्किल है इम्पॉसिबल नहीं है बट मोर बहुत ही मुश्किल है इट विल टेक अस हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स कि हम क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करें क्योंकि हमें उसके लिए जितना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने भी हमने डिस्ट्रक्शन किया है उसको रिवर्स करना पड़ेगा एंड इट नीड्स लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्राम ईच एंड एवरी सेक्टर फ्राम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल तो उसके बाद माइनिंग के भी कुछ इम्पैक्ट्स हैं तो मैंने थोड़ा सा बताया था कि ऐसे माइनिंग से जो है फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज हो जाता है जैसे पर्टिकुलरली इन स्टेट्स ऑफ गोवा कर्नाटका वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है माइनिंग की तो डैम्स वग़ैरह का भी मैंने बताया आपको तो यहाँ पे मैं फ़ॉरेस्ट एरिया जो जम्मू एंड कश्मीर का बताना चाहता था अजस्ट वाल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी आ, अभी तो यू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख है तो उसमें फ़ॉरेस्ट कवर जो है तो ये ओवरऑल जो आ, एरिया है 20,230 थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर्स तो इसमें 50 परसेंट ऑफ़ द फॉरेस्ट दे कम अंडर फिफ्टी 51% फॉरेस्ट जो है कश्मीर डिवीजन में है फोर्टी फाइव uh, या फोर्टी सिक्स परसेंट जो है, Jammu, में खाली है तो अगर यहाँ देखेंगे आप जोग्राफिकल एरिया लद्दाख का ज्यादा है तो बट यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया जो है कम है तो उसकी वजह से जो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट कवर है ज्योग्राफिकल एरिया वो कम हो जाता है तो ओवरऑल uh, हम अगर एवरेज देखेंगे तो ये तो इंक्रीज हुआ होगा अभी ये तो 19.95 परसेंट था क्योंकि ये एरिया यहाँ से निकल जाएगा तो फिर ये दो एरिया का अगर हम देखेंगे डेफिनेटली बी मोर फॉरेस्ट एरिया तकरीबन अराउंड मोर देन 46 इन uh, बिटवीन 46 टू 50 परसेंट ऑफ दियोग्राफिकल एरिया का जो फॉरेस्ट एरिया आ जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पे जम्मू का जो एरिया है ज़्यादा है और यहाँ पे फ़ॉरेस्ट कवर भी इनका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कश्मीर डिवीज़न बिकॉज़ वहाँ पे पहाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा आती हैं तो कश्मीर जो है बेसिकली प्लान है इट इज़ अ वैली तो उसमें फ़ॉरेस्ट एरिया कम है एज़ कम्पेयर टू तो जम्मू तो अब फॉरेस्ट जो है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट क्या क्या पाए जाते हैं कश्मीर में दे मेनली आर सिक्स टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जैसे सब ट्रॉपिकल ड्राई डिस फॉरेस्ट जैसे ये शिवालिक्स जब स्टार्ट uh, करते हैं फिर हम कठुआ डिस्ट्रिक से जो फॉरेस्ट स्टार्ट होते हैं उनको ट्रॉपिकल ड्राई डिस्टिस् फॉरेस्टस होते हैं इसमें बहुत सारी टाइप्स ऑफ स्पीशीज पाई जाती है प्लांट्स की तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एंड आई विल प्रोवाइड यू द डी ऑफ दिस पीडीएफ ऑफ दिस प्रजेंटेशन तो उसके बाद हम जब अंदर आ, आ जाते हैं टू दट जम्मू डिस्ट्रिक्ट एंड डोडा डिस्ट्रिक्ट तो उसमें हम सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट जो पाइन हमें मिलते हैं तो उसके अलावा फिर हम जब अंदर चनाब वैली की तरह जाते हैं तो वहाँ पे उनको हम हिमालयन मॉइस मौ, टम्प्रेट फॉरेस्ट कहते हैं दैन uh, हम जब और अंदर आते हैं जो कश्मीर वैली के जो फॉरेस्ट है तो वो हिमालयन ड्राई टम्प्रेट फॉरेस्ट जो मैंने कल भी बताया था आपको हिमालयन ड्राई टम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट हो सकता है क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको वट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर प्रजेंट इन कश्मीर वैली दे आर हिमालय ड्राई टम्परेट फॉरेस्ट फिर जब हम और ऊपर जाते हैं एलिवेशन इंक्रीज करते हैं दैन देर आर एल्पाइन फॉरेस्ट जो जो है टम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और और भी हम जब कारगिल ले में जो फॉरेस्ट है उनको हम फॉरेस्ट इन कोल्ड एयर जोनस कहते हैं बेसिकली जहाँ पे टम्परेचर बहुत ही कम रहता है तो उसमें भी बहुत टाइप्स ऑफ जो है प्लांट्स है जो उस टाइप के जो क्लाइमेटिक कंडीशन या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या वहाँ पे प्रेशर कंडीशन है उसको उसमें सस्टेन कर सकते हैं उस टाइप के जो प्लांट्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं तो ये ओवरऑल बहुत सारे जो है जैसे आ, मैंने यहाँ पे सिदरस देवदारा है पाइनस वॉल पाइनस वालचैन वाल अक्सर हम घर में लगाते हैं वो उसको हम सर्व बोलते हैं देवदार गो देवदार कुल तो एल्बस पिंडू बुदुल वगैरह चु तो ये अक्सर ये जो ट्रीज़ वगैरह पाए जाते हैं जब भी हम कहीं आउटिंग के लिए जाते हैं या कहीं एक्सकर्शन के लिए जाते हैं ये सब ट्रीज़ हमें मिलते हैं रास्ते में भी या वहाँ पे भी तो ओवरऑल सिक्स टाइप्स ऑफ फॉरस्ट आर फाउंड जम्मू एंड कश्मीर स्टेज लद्दाख वगैरह भी आता है अब लास्ट स्लाइड जो है दैट इज़ वाट आर दश्मीर में क्या क्या इंडस्ट्रीज है जिसपे uh, इन पर्टिकुलर कश्मीर में कौन कौन सी इंडस्ट्री दे आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट जैसे एको टूरिज़म तो टूरिज़म जो है इट इज़ एन इम्पोर्टेंट जैसे हमारे हिल स्टेशन है गुलमर्ग पहलगाम ददपथरी है और भी बहुत सारे है तो जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर बेसिकली ये फॉरस्टस दे एक्ट एज एको टूरिज्म फिर टर्पाइन इन रेजिन इंडस्ट्री रेजिन होता है यहाँ पे तो नहीं पाया बात इन साउदर्न इंडिया जो रिजन्स होते हैं बेसिकली प्लांट्स की ट्विगस पे छोटे छोटे जो रेजिन uh, इंसेक्ट्स वो रिजन रिलीज uh, करते हैं तो वो भी हम हासिल करते हैं दैन मलबरी वगैरह जो होते हैं वहाँ जो फॉरेस्ट से भी हमें मिलता है मलबरी मलबरी जो प्लांट्स पे जो सिल्क वगैरह ग्रो करते हैं गोल्डन सिल्क होता है येलो सिल्क होता है वाइट सिल्क होता है वो हमें मिलता है फॉरेस्ट से फिर कश्मीर की बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री दैट इज़ विलो इंडस्ट्री बैट्स वगैरह जो बनते हैं विलो से यथ वीरछ वना तो उसके बाद जवाइनरी प्लाई इंडस्ट्री एंड फार्मास तो ये कुछ ओवर जनरलाइज जो इंडस्ट्रीज़ है जो हमें फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है तो ये आपका फॉरेस्ट रिसोर्स यहाँ पे ख़त्म होता है